हजारों सालों से ह्यूमंस ऊपर चमकते सितारों को देखते रहे हैं और ये सोचते रहे हैं कि वहाँ ट्रेवल करके जाना कैसा होगा और आज भी एस्ट्रोनॉट को सोलर सिस्टम से दूर भेजना एक सपना बना हुआ है लेकिन ह्यूमंस ने ऐसे पांच मानव रहित स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लॉन्च किए हैं जो इंटरस्टेलर स्पेस में पहुँच चुके हैं और उन पाँचो प्रोत्स को सोलर सिस्टम के आउटर प्लेनेट को स्टडी करने के लिए बनाया गया था हमारे सोलर सिस्टम के जाइंट प्लेनेट के पास से गुजरते टाइम कुछ इमेजेस को कैप्चर किया इससे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदल गई लेकिन अपना प्राइमरी मिशन पूरा करने के बाद वो सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस की जर्नी पर निकल गए और इस वजह से उन पांच में से चार के साथ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस यानी एलियंस के लिए एक मैसेज भी है हो सकता है एक दिन वो मैसेज किसी ऐसी को मिले जो इतना इंटेलिजेंट हो की उसको रिकॉर्ड कर सके उन्नीस में लॉन्च किया गया फाइनियर टेन सोलर सिस्टम के आउटर प्लेनेट को स्टडी करने वाला पहला मिशन था और इक्कीस मंथ के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था पाइनियर 10 30 से भी ज्यादा सालों तक चला जनवरी 2003 में इसने अपना लार्ज सिग्नल अर्थ तक भेजा था पाइनियर 10 की ही तरह पाइनियर 11 को भी सिग्नर बनाया गया था और वो भी अपने मिशन में कामयाब हुआ पाइनियर 11 को 1973 में लॉन्च किया गया और ये मार्स एस्ट्रॉइड बेल्ट जुपिटर और सैटन को फ्लाई बाई करते हुए क्रॉस करने वाला नासा का दूसरा स्पेस प्रोप बन गया हमेशा के लिए पाइनियर 11 से कॉन्टैक्ट टूटने से पहले 1995 नाइन्टी में नासा को इसका लार्ज सिग्नल मिला अभी ये प्रोप हमसे 9 बिलियन माइल्स यानी 15 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पहुंच चुका है और 2027 तक ये इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच जाएगा पायनियर के लॉन्च होने के कुछ ही टाइम के बाद नासा ने अब तक का सबसे फेमस स्पेस प्रोब यानी वॉयजर वन और वायजर टू को लॉन्च कर दिया दोनों को उन्नीस में लॉन्च किया गया था क्यूँकी सोलर सिस्टम के आउटर प्लेनेट के अलाइनमेंट में होने में एक सौ लगते है और ये वो टाइम था जब सभी प्लेनेट अलाइनमेंट में आए थे और इन प्लेनेट को एक साथ स्टडी करने का इससे अच्छा का दोबारा नहीं मिलने वाला था जुपिटर और सैटन को स्टडी करने के बाद नासा ने वेजर की प्राजेक्ट्री में कुछ बदलने का फैसला किया ताकि वो जुपिटर और सैटन के मून को भी डिटेल्ड में स्टडी कर सके 2012 में वेजर वन ह्यूमंस का बनाया एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया जो सोलर सिस्टम को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया था और अपने ग्रैंड टूर को कंप्लीट करने के बाद वेजर टू भी अपने ट्विन्स ट्वेंस वन की तरह हिलोस्फेयर से क्रॉस करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया था अपनी 40 ईयर की जर्नी के बाद दोनों व्हाइजर अभी भी नासा से कम्युनिकेट कर रहे हैं और दो लाख छप्पन हजार सालों के बाद व्हाइजर टू हमारे आसमान में दिखने वाले सबसे ज्यादा ब्राइट स्टार सीरीज से भी आके निकल जाएंगे आइंगे प्रोप की ही तरह व्हाइजर भी एक स्पेशल मैसेज अपने साथ कैरी करके ले गया था ये मैसेज एक फोनोग्राफ आरोप रिकॉर्ड किया गया था इसमें साउंड इमेज और अर्थ आरोप मौजूद कल्चर की पोर्ट्रेट है इन सभी प्रोप को सिर्फ आउटर सोलर सिस्टम के प्लेनेट को स्टडी करने के लिए बनाया गया था लेकिन इन प्रोप्स ने सोच से कहीं ज्यादा कर दिखाया हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।